ये अबे लो पूरा लोग। कैंपर लोगे लोग। अबे, अबे, <laughs> अबे, अच्छा, अबे अबे अबे अबे ये लोग ओ यार आती बैठ जाएगा नहीं मर दो दिया अच्छा मारा गया पूरा कैंप कर रहे ये लोग मारो एक किल मिलने के बाद पे, ये, पे, ये, पे, ये पे। नहीं निकलूंग मर ही नहीं ये रे ये तो क्या है जासे? क्या ये ये वही वाला हाल हो रहा है उसी वाला वाला ये उसी दिन हाल हो रहा है तो किल किल करो खील करो खील करो मेरे को पड़ रहे हैं मेरे को लग रहा है करके करके लैग लैग लैग हुआ लाक हुआ लाक हुआ मेरे को, मेरे को को मेरा खुद हो रहा है यार ना खेल रहे रुको आई Expired. Reloaded. Abe, yar, yar, look, camper. Ruko yar, ruko yar. Chalo. Abe, mar jaao. Arey, F K O, one minute. Bhai, to mar rahe. Arey. Arey, peech ke peech ke. Arey. Mark the location. Killed. Nice. Cover me. Chalo, come back. Come back, come back, come back. Yes, dad. That... Right? Ten. Nice. Okay. Safe. Yeh nik oh bhai. Nice shot. Reloading. Mar diya. अबे, ये, है रहा। ये ये ये ब्रो सॉरी सॉरी लोकेशन यार क्या रहा तो निकालने नहीं, नहीं दे रहा है घर क्यों ये देखो वो गाइस वो ग्लीच हो गया अबे यार मेरे को टाइमिंग में मार दे रे ये लोग ये एज वन ये राइट पे ही है चलो आओ मैं जाते हैं ये लो लो है लो। <laughs> बीच में जा पीछे जा भाई ये तो दोनों तरफ से आ रहे हैं बड़े बेशरम लोग है अरे नाए, नाए, कोई नहीं नहीं नहीं में इनको मारने दिया ना ये ये थोड़ा थोड़ा तो पड़ा सा एक तो ये अभी ump ump पे भाई क्या है मैं लेके आ रही नेक्स्ट गेम में मेरी ump ओए नाइस यूएमी कौन से कर रहे हैं लॉर्ड रेडियोस ये देख ये देख ये तो अलग कैंपर है ये तो पूरा क्लासिक का कैंपर है वो कौन से कर रहे हैं सब इन लॉर्ड्स ना पूरा भाई वही रे ओलोए तो नाइस अभी ये किधर कैंप आए ओके आ गया अरे नाइस पुश करेगा तो खत्म है है? ना। I got supplies. रुको मैं ले, ले पीछे थे, पीछे से से। <laughs> <जौजी। laughs> nice. <laughs> अरे ये ऐसे है या इस बार सुन लेक है ठीक है हाँ। है है वो कैम कर क्या क्या कहते है? कौन सा तो, आ, तो आ रहा ना? राइट में Clear, अरे आ, ओपी ओपी ओपी ओपी इट्स अ दोनों राइट सारे अरे शी अभी यारे अलग कैंपर है लोग तो ही लो भरे दोनों गॉड को लो कर रहे बीच में Babs, what you doing, bro? Cover me. Camp, camp, hurry, camp. No function. No function. No function. Reloading. Cover me. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Hoga, hoga. Come back. Hota sakta zada nahi hai duni. Kape. What the hell? बस नहीं आने दूँगी दूसरों को। अरे। दरिये दरिये दरिये मैं तुम। ओये लो ये लो, लो लो। half empty। be careful, you're नाए? losing अरे? the game. The blue team doesn't have a lot of time left. पीछे रहे पीछे रहे। नहीं आ रहा है। left left left। ना left left पढ़ा लो करा, लो करा, लो करा रहे। आ, है। कर रहे? मेरे मेरे मेरे पे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया आगे आगे है अबे यार को ही क्यों साइड से आ रहा गॉड वो पता नहीं राइट राइट को लू अबे अब अब ये शॉटी वोटी लेकर आ रहे हैं जानसे यो दे है दोनों ये सॉटी है टाइम से जा रहे हैं नाइस हो लो हो लो हो लो ओए राम मे बी लेग्रेस रीलोडिंग 33 33 ध्यान से ध्यान से हियर आ बच गए किलिंग स्प्रिंट नाइस नाइस चुप ज्यादा से चुप ज्यादा से चुप ज्यादा से आ गया विक्ट्री। अरे एफ हक दिया। दिया मैं ही मार था पता? है? एक कैंपर लो... ये, ये लोग। लोग ये है ना तीन चार चारबी डबी बताना देखो ना बताना ना। मैंने सोनी को बोला भाई क्या नहीं ये लोग कैम्प नहीं कर रहे थे हाँ हाँ भाई ओबियसली गॉड गॉड फॉर भी बैठी कैप्ट्राइब फॉर अन बैन